देखो आज फिर मटर सोच रहे यहाँ मटर से फुर्सत नहीं कल क्या बना है मटर। परसों क्या बना था मटर। अब क्या बनेगा? मटर, मटर, मटर तो मटर मटन ने हमारी जिंदगी खराब कर दिया